क्या मांगिए अरे राम को मांग ले मेरे प्यारे राम को मांग ले मेरे प्यारे उम्र भर का सहारा दो हाथों से ले सकेगा देने वाले की है लाखबाए कितने दो हाथों से ले सकेगा देने वाले की है लाखबाए आप मांगोगे तो दो हाथ से और बिना मांगे यदि ये देंगे तो अपने हजार नहीं लाख हाथ से देंगे कितना रखोगे रखो कितना दो हाथों से ले सकेगा दिन वाले की है लाखबा है कितना दो हाथों से ले सकेगा दिन वाले की है लाख फिर महाराज कुछ नहीं एक काम इनका दामन पकड़ कर तो देखो कदा मन पकड़ कर तो देखो फिर खुशनुमा सा नजारा नहीं भरोसा नहीं क्यों करते हो ऐसा खुद को तन्हा समझता है क्यों तू जर्र जर्र में है ये समा में है ये समाया खुद को कुछ समझता है यो, यो। में है ये समाया। एक बार। दिल से दुख में आवाज दे दुख में आवाज दे कर तो देखो दिल से आवाज दे कर तो देखो।, दे कर तो देखो दे दे फिर कौश काका दुलाराम चाहे तूफान हो या भमर हो चाहे तूफान हो या भवर हो हर सफर में किनारा मिलेगा राम ही के बगल प्रेम पिया और केवल प्रेम प्रिय है क्या प्रिय है प्रेम जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जा खा नहीं राम जानते हैं जो भी भला पूरा है श्री राम जानते है। बंदे के दिल को नहीं मालूम क्या आता कहां से कोई जाता कहां है को युग, युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को चला गया ना तो कहता है अरे जाओ जाओ ऊपर बैठा सब जानता है वो सब देख रहा है और जब अपने किसी को ठगता है तो भूल जाता है कि ऊपर बैठा ये भी देख रहा है कितना भी छिपा लीजिए साधक कहता है नेकी बदी को अपने, जितना भी हम छिपा ले जितना भी हम छिपाले नेकी बदी को अब अमे जितना भी हम छिपाले श्री राम को पता है श्री राम को पता है जो भी भला बुरा श्री राम एक शब्द है किस्मत किस्मत सुने हैं आप लोग नाम सुना है ना सब जानते हैं और सब इसकी बात भी करते हैं शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था शायद मेरे किस्मत में बात नहीं थी साधक कहता है ये किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं ले किस्मत के नाम ध बिहारी हो अरे कनक बिहारी हो हम आए शरद तिहार धारी हो आए शरण तिहारी वर्धारी हो आए शरण तिहारी महापात्र की रहा अजामिल उसे मिला ृकाय के भारी जानते हैं जल में गज यानी हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया ग्राह ने जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनो जब जल में गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर भारी हो आए शरण विष्णु को क्यों भसता है प्रहलाद ने कहा विष्णु पिता है हिरण ने कहा मूर्ख तेरा पिता मैं हूं प्रहलाद ने कहा पिताजी सत्य कहा आपने आप मेरे पिता हैं, लेकिन आपके पिता विष्णु हैं। विष्णु पूरे संसार के पिता हैं। हिरण ने कहा, कहा है तेरा भगवान बोले पिताजी आपका प्रश्न गलत है प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मेरा भगवान कहा है प्रश्न ये होना चाहिए कि मेरा भगवान कहा नहीं है अच्छा खंभे में है है दिखाई दिख रहा है दिखाई पड़ रहा है भगवान हिरण का शब्द कहा बांध इसको खंभे में इसको और इसके भगवान दोनों को समाप्त कर दूंगा हिरण खुश जब पहला देखो जब पाला खमे के सा कुछ प्रहलाद को जब पाला महा के से तब बोला प्रहलाद कहा हो आओ जे तब बोला प्रहलाद धपुरी रघु रघुकुल है रघुकुल के मणि बेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं धर्म की धुरी को धारण किए महाराज दशरथ एक ऋण बना है आपके आपके आपके घर में आपके बाद आपके पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है आए महाराज सुने न हो अरे भे मोरे सुतना ही ग्ला भाई सब कुछ है बेटा नहीं है दौड़ कर गए गुरुजी के पास जाकर श्री चरणों में दंडवत करके अपना पूरा दुख और समाज का सब सुख सुनाया लगे रोने महाराज गुरुजी जी महाराज रोइे मत आप आज देख कर रो रहे हैं मैं आपका कल देख कर हंस रहा हूं धीरज रखिए क्यों धर्म हो धी होई और साधारण नहीं होंगे त्रिभुवन पी भगत भया भक्तों के भय का हरण करने वाले साक्षात भगवान आपके घर पुत्र बनकर आएंगे महाराज धीरज रखिए गुरुदेव ने रचना बनाई श्रृंग ऋषि को बुलाया और पुत्र कामिष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ भगवती सहित मुनि आहुति दी यज्ञ यज्ञपूर्ण भया यज्ञोपरांत स्वयं अग्निकुंड से अग्नि नारायण प्रकट हो गए